हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोग की चौस इंच के बारे में जो आई टी के अंदर आती है जैसे वीडियो एडिटिंग है या गेमिंग सीरीज के अंदर हम लोग इसको वो यूज में ले सकते हैं उसकी तो ओपन बॉक्स पहले पहले मैं आपको बता दू की इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या फ्यूचर है वो मिलने वाले हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे की तेईस है वो डिस्प्ले मिल रही है तो यहाँ पे नंबर आप देख रहे हो एच आपको स्क्रीन मिल रही है जो फुल एच के अंदर है ठीक है उसके बाद में आपको इन प्लेन स्विचिंग मिल रहा है उसके बाद में सेवन पॉइंट वन है वो मिल रही है तो यहाँ की स्लिम ने एच डी की वो आपको यहाँ तक मिल रही है दूसरी उसके बाद में आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आई के आई टेक्नोलोजी का भी जैसे आप कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए यूज करो तो आंखों में पानी इस टाइप से वेल के अंदर नहीं आने वाला अगर जो कंपनी आती है जैब्रोनिक की और बहुत सारी कंपनियां आप देख पा रहे हो उनके अंदर आपको यह सिस्टम नहीं मिलेगा जो आखों की प्रोटेक्शन के लिए है बाकी वेल से आती है उनसे थोड़ी सी महंगी आती है बट इसकी क्वालिटी है क्या नहीं है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके वजह से बिना टाइम के लिए चलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हो पक्का लो तो चलिए इसको ओपन बॉक्स करो इसमें आपको कुछ कागज है वो मिलते हैं एक मिलने वाली है है आपको। बाद में एक यहाँ पे आपका पावर केबल मिल रही है और एक इसके साथ एस डी एम आई की। इसके बाद में एक स्टैंड और आता है जो इस टाइप से है जो एलसीडी से आपको इसमें कनेक्ट करेगा वो भी पूरा का पूरा वो अच्छे से मेटल का बना हुआ है और यहाँ से एलसीडी का अपडाउन है वो आपको तो पूरा का पूरा है वो काच है वो मिलने वाला है बहुत ही सेम है और यहाँ पे आप इसकी जो मोटाई देख रहे हो वो आपको लग ही रहा है कि कितनी है एक मोबाइल से भी पतली है वो यहाँ से आपको मिल रही है और पूरी की पूरी ब्रेजलेस है सिर्फ इतना इतना आपको यहां पे जो है वो प्लास्टिक का मेटल का वो मिलता है प्लास्टिक का है बाकी पुल की पूरी ऑन तो करके मैं आपको धनवाद किस टाइप का आपको लुक है वो एलसीडी देने वाली है तो बहुत ही प्रीमियम लुक है आपको मैं पूरे से अच्छे से एलसीडी को वो दिखा देता हूँ बहुत ही शानदार इसमें देखो मैं कोई से भी एंगल से आपको दिखा रहा हूँ ये यह यहां का जो प्रकाश आ रहा है उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है जो यहां से विंडोज के साइड से आ रहे है ना, बाकी आप कोई से भी अंदर से देख लो स्क्रीन को स्क्रीन प्रोपर वे से दिख रही है जैसे हम लोग वो आंखों से देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको मिलने वाली है लेनलो के अंदर अब क्वालिटी देख ली अब हम लोग देखने वाले हैं स्क्रीन के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाले चलिए है, देखते हैं अब तो हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर हमें पोर्ट है कौन कौन से मिलने वाले हैं तो यहाँ पे देखो एक आपको यहाँ पे एच पोर्ट मिलता है और एक यहाँ पे वीजीआई पोर्ट मिलता है एक यहाँ पे ऑफ पोर्ट है वो मिलता है बाकी एक आउट पोर्ट है वो इस साइड में है जहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने ही पोर्ट है वो इसके अंदर मिलते हैं लगभग इसका जो रिव्यू मैं मैंने यूज में लिया है तो काफी बेस्ट है आई पैनल के अंदर और बहुत ही शानदार इसके जो पिक्सल्स है पिक्चर के वीडियो के बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो ऐसी टेक्निकल सजेशन और मिले चैनल को पता है